आज हम एक ऐसे की बात करने जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता तुम तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारी क्या महीना ऑनलाइन रहता है और बाकी की बस ने पास तोड़ लो छे महीने और अरे यार दिमाग लगाओ यार टॉपिक वो ढूंढने पड़ते हैं तो अब इन सब चीजों को रखते हमारी वीडियो सो so, लेट्स कि हम सब जानते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है क्योंकि हमने तो तुमने देखा ही है बट सबसे अलग होने वाला है ये न्यू जनरेशन वीडियो ये सेम वीडियो नहीं होने वाली वही केला वाली वीडियो नहीं होगी ये वही कह सकते हैं कुछ ओपी वीडियो की ओपी वही दिल फेंकने वाली वही केले वाली वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वो भोजपुरी जानते कि इस वीडियो में वही हीरो ही और वही विलन एक्शन धूम धड़ाका चड़ाका पड़ाका टड़ाका बस यही होने वाला है इस वीडियो में वैसे तो समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो? क्या है? है देखना देखना तो तो तो पड़ेगा। पड़ेगा। वीडियो चालू है ना? देखना तो पड़ेगा। आ, आ, अभी बजा ना आएगा ये हमारा हीरो है या रोविलन हीर पता नहीं मेरे को और ये पता नहीं इसका आशिक है और ये लड़की ऐसे देख रही है जैसे कोई मतलब भी नहीं हो तो मैं तुम सबको ये बता दू ये लड़की इसी लड़के से प्यार करती है और ये हीरो से नहीं करती अब इसकी शक्ल माना घूंढे जैसी तो मैं कुछ नहीं कर सकता ये भोजपुरी वाले जो भी करते हैं इनकी मर्जी मेरे को कोई लेना देना नहीं है अपन को तो इससे रोस्ट करना है पर ये लड़की हाँ इसी से प्यार करती है और ये हीरो है तो हमारा मेन सीन तो यहाँ से चालू हो गया इस बंदे ने इसको लात मारी और हम देख सकते हैं इसने क्या ग्रेविटी को फेल किया है नहीं मतलब क्या हो रहा है ये इसने इसको उठाया इसे द... मतलब आसमान में रखा और अब सबको पता है घंटे सबको सब पता है ये क्या है यार ये लात भी ऐसे ढंग से मारते नहीं है मुक्का ढंग से मारते नहीं कुछ ना कुछ कर ही देते टी भर रखी बस एक्शन में इतना दम भी नहीं है जितना दम आलू में दम है यार यार कुछ भी बना के डाल दिया मानता हूँ लेकिन यार एक से कौन करता है है यार तुमसे अच्छी तो पहले ही बोला था इन्होंने तो ग्रेविटी की ऐसी की तैसी करी रखी है खुद न्यूटन सोचता होगा क्या हो रहा है इधर पर इसकी बैक फिल्म में इतनी कितनी ताकत थी कि बंदा ये आसमान में पहुंच गया और आ, आ, आ, आ कर रहा है तो तो तो तो अंकल जी आपकी लाता मारी घुसा घुसी फुसी हो हो गई हो तो बताइए मुझे तो लगता मर गया बात वीडियो वीडियो एंड तो अगली वीडियो में मिलते हैं बाय बाय तो रुको जरा करो कुछ भी नहीं कौन से रात को चने खा के आया था यार नाइट्रोजन गैस बूस्टर निकल रही है पिछवाड़े में से ऐसे आ रहा है यार और ये दोनों सोच रहे हैं यार ये कौन सी चक्की का आटा खाता है जो इतना उछल के आ गया वो भी मैं तो ये बताऊ ये इतना नीचे से ऊपर कैसे आ गया आ। तो ये है हमारा भोजपुरी का क्रेश जो आसमान से उड़ के और जमीन पे लैंड भी हो गया कोई खरोच नहीं खरोच था क्या माथे से खून निकल रहा सबको पता है हिंग और अगर ये नीचे भी गिरा था तो इसके कपड़े नहीं फटे बस इसका थोपड़ा ही फटा है यार कुछ भी करते हो तुम आज तक तो के छोड़ देता नहीं आइंदा से अगर प्रीत के आसपास भी दिखाई दे ती तो इलाका से ना इतनी सो सही हमारी तो नहीं हमारी आंखें तो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई इस बंदे ने इसको धीरे से धक्का मारा उसमें भी ऐसा ढुझुक करके आवाज आई और ये गिरा भी ऐसे जैसे तो पूरा हाथी गिर गया हो इसलिए ऐसी साउंड डाला अरे यार और बोल भी ऐसा डायलॉग में आज के बाद पीठ के आसपास पास भी दिखा तो हँसा उठ जाएगा अरे यार ये तूने इसकी मरने जैसी हालत कर दी अब क्या दिखेगा ये पागल ही से जो बार बार दिखेगा ऐसा तो तो देखो एकदम तबाही मचा रखी है है है है ये होती है होती तो होती और भी भी ऐसी कैसी यार यार कुछ इधर हैप्पी एंडिंग खत्म हुई नहीं और इनका गाना चालू हां नहीं तो बेवफा वफा जैसा गाना टट्टे जैसा गाएंगे हाँ बस ऐसे इस गाने गाओ खुश रहो ठीक है तो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उससे भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक करो और उससे भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो तो गाइस बाय और अगर और सजेशन देने वीडियो के टॉपिक्स के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए